इस नहीं का कोई इलाज नहीं रोज कह देते हो आज मैं जब आप जम्बो खमोश रहकर सवाल पूछ लेते अपने तो के बड़ी बड़े लंबी कहानी मैं जमाने से नहीं हारा बस किसी की बात मानी मिक्स बाजी जय संदीप mixed by dj sandeep mixed by dj sandeep dj ankur deewar kya ki mere genche makaan logon ne mere dar se raste banaye sun le kitran pi sagalaton dekhame sun le kitran pi sagalaton number 1 DJ Ankush Next by DJ Sandeep मुश्किल होता है जवाब जमो खामोश रहकर सवाल पूछते जम गदार खमारी पल के चम गार मूला, मूला, मूला, मूला। हम, बड़ी लंबी कहानी मैं जमाने से नहीं हारा बस किसी की बात मानी जय संदीप Mixed by DJ Sandeep. Mixed by DJ Sandeep. DJ Ankush. Diva, kya ki? Mere kachche magar logon ne mere ghar se lasti mila. Chulne ki tarah ki zakhla to dekh. number 1 DJ Ankush